मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सड़कों को लेकर दिए बयान पर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि शिवराज सिंह जनता के बीच में 24 घंटे रहने वाले मुख्यमंत्री हैं शिवराज एक जागरूक सीएम हैं, सब सोते हैं और मुख्यमंत्री अकेले निकल जाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज के बयान के बाद पूरा प्रशासन हिल गया है सब चौक चौबंद है उन्होंने कहा शिवराज परिश्रम करने वाले मुख्यमंत्री हैं सड़क की बदहाली मामले में सीएम शिवराज के कड़क मिजाज पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा शिवराज मेहनत सीएम है हम भी उनसे मेहनत करना सीखते हैं शिवराज हमेशा जनता के बीच रहने वाले मुख्यमंत्री हैं शिवराज बंगले में रहकर आराम करने वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं वे जनता के दर्द को समझते हैं शर्मा ने कहा मुख्यमंत्री ने पंद्रह दिन का अल्टीमेटम दिया है सुधर जाओ शर्मा ने छोटे कार्यकर्ताओं पर तंज कसते हुए कहा कि दो घंटे घूमने के बाद छोटे कार्यकर्ताओं को घमंडा जाता है लेकिन सबको सीखने की जरूरत है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मेहनत करते हैं हालाँकि इस दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा ने दोनों बार जिनों की संख्या गलत बताई तो यही तो चाहिए ना इतना जागरूक सीएम और कहीं है क्या मध्य प्रदेश का सीएम ये तो है ना सब सोते हैं और वो अकेले निकल जाते हैं पूरा प्रशासनिक अमले में मुख्यमंत्री जी का जब ये स्टेटमेंट निकला तो पूरा प्रशासन जो है चाक चौबंद हो गया हिल गया थाने से लेकर सबको कि अच्छा हम तो सोचते थे मुख्यमंत्री जी जो है छह श्यामलाइन में जाकर आराम करते होंगे ये आराम करने पसंद मुख्यमंत्री नहीं है ये परिश्रम करने वाले मुख्यमंत्री हैं ये जनता के बीच में 24 फोर आवर्स रहने वाले मुख्यमंत्री हैं जनता के दर्द को अपना दर्द समझने वाले मुख्यमंत्री इसलिए उन्हें अल्टीमेटम दिया है पंद्रह दिन में सचेत हो जाओ जागृत हो जाओ अपनी अपनी सड़कों को चिन्हित कर लो और समय के अनुसार निर्माण करना शुरू कर दो लीडर है मुख्यमंत्री है जब उसकी दृष्टि साफ दूर घूमती है तो हम जैसे जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको जो घमंड हो जाता है कि हम दो घंटे घूम लिए तो बहुत परिश्रम कर लिया उनकी आंखें जो है खुल जाती हैं उनको समझ में आ जाता है कि नहीं भैया हमारे जो छप्पन जिलों का जो सा, मतलब सासकीय चौवन जिलों का जो मालिक है वो जब इतना जागरूक है तो हमें तो और जागरूक रहने की आवश्यकता है